श्रा चल पटरिया में सूट गोरी डीजे पे हमरा सांगे लगावा मर लान करे जा करे जा मर लान करे जा तुहार तो हाई दिल वाला झुमका यदा दिल हम अखिया लगले कमल लगले घायल करू डोरी दिखा के मार चले तुमका तुमका मारे लाने करे जा, करे जा। मार ला जान या कर जा तो दिल वाला झुमका